ओम श्री सतगुरु साईं नाथा ये नमहहा बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते थे वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाते थे एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति रोता हुआ साईं बाबा के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया साईं बाबा ने उससे पूछा कि क्या हुआ बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए एक भी पैसा नहीं है आज दोपहर से मैं कई जगह गया लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की बाबा ने हँसते हुए उससे कहा कि <laughs> जब तुम्हारे पास स्वयं ही इतने सारे रुपए हैं तो कोई तुम्हारी मदद क्यों करेगा? बूढ़े व्यक्ति ने गिर कर कहा कि बाबा मेरे पास तो इस समय फूटी कौड़ी तक नहीं है साईं बाबा ने कहा कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हो फिर बाबा ने कहा कि जरा अपनी जेब में हाथ तो डालो वहाँ पैसा पैसा तो सारे नोट वह हैरानी से देखता रह गया आश्चर्य के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ राम जी भला करेंगे बाबा का यह चमत्कार देखकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। बाबा को प्रणाम और धन्यवाद देकर वह अपने बेटे के इलाज करवाने के लिए चल दिया गंगा नहाए जमुना नहाए बुझी ना मन की प्यास एक साईं का नाम जप लिया बुझी जन्म जन्मों की प्यास मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस श्री सदगुरु साई नाथार पढ़ मतू शुभम भव ओम साई राम